हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉर्डिंग इंडिया में दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग जो हमने की थी यूज़र मॉडल के ऊपर और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे हमने इसके ऊपर ऐड मीटिंग सेट करनी है लाइक like, एक यूज़र दूसरे यूज़र को बता सकता है कि भाई इतने बजे मीटिंग है और आपका आना बहुत ही ज़रूरी है तो ये कैसे करेंगे हम तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हम अपने एड एम्प्लॉय में आए हुए हैं तो हमने यहाँ पे आके एक मॉडल क्रिएट करना है तो आप चाहो तो मीटिंग का अलग से एक ऐप क्रिएट कर सकते हो वो टोटली डिपेंड्स ऑन यू बट मैं क्या करने वाला हूँ मैं अपने इम्प्लॉय मॉडल के अंदर ही मैं उस मीटिंग का डाटा मैं स्टोर करूँगा तो ठीक है मीटिंग एंड इसके अंदर आता है मॉडल्स डॉट मॉडल एंड मॉडल्स डॉट मॉडल तो मॉडल्स डॉट मॉडल एंड दिस उसके बाद मीटिंग का एजेंडा क्या होने वाला है तो एजेंडा मीटिंग का तो ये कुछ बड़ा हो सकता है तो मॉडल्स डॉट टेक्सट फील्ड तो टेक्सट फील्ड होंगे एंड उसके बाद मीटिंग का जो तो टाइटल क्या हो सकता है तो models डॉट स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेते हैं ताकि आपको विजुअल हो एंड मॉडल्स डॉट टाइटल है तो सिंगल एंड का होगा तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फील्ड और फील्ड है तो हमें मैक्स लेंथ यूज़ करना ही पड़ेगा तो मैक्स अंडरस्कोर लेंथ उसके बाद 50 एंड उसके बाद इसके अंदर मेंबर्स कौन कौन आ सकते हैं तो मेंबर कहाँ से आएंगे वो आएंगे एम्प्लॉय मॉडल से तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मेंबर ऐड करेंगे तो मेंबर्स इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट फॉरेन की फॉरेन की एंड फ़ॉरेन की में कौन से होंगे एम्प्लॉय मॉडल क्योंकि हमने मीटिंग किसके साथ करनी है एम्प्लॉय के साथ करनी है एंड अगर ये मी एम्प्लॉय डिलीट होता है तो क्या हो तो मॉडल्स डॉट सेट नल ठीक है एंड नल इक्वल्स टू ट्रू हमने यहाँ पे ये भी लगा लिया एंड डेट एंड टाइम क्या होगा तो डेट एंड टाइम तो मॉडल्स डॉट डेट फील्ड या डेट एंड टाइम फील्ड डेट टाइम फील्ड आ गया एंड ये ऑटोमेटिकली एक पिक करेगा auto now add equals to true and meeting time ये होगा मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड ठीक है दोस्तों अब ये डेट एंड टाइम एंड मीटिंग टाइम क्या है ये दो फील्ड मैंने डेट के लिए लिया है एंड मीटिंग टाइम के लिए लिया है क्यों तो डेट एंड टाइम के लिए जो मैंने यूज किया है ये है ऑटोमेटिकली कि मीटिंग कब असाइन हो रही है लाइक like आज हो रही है या कब हो रही है ठीक है एंड मीटिंग टाइम लाइक हफ्ते बाद मीटिंग है या कब की है तो उसके लिए कि मीटिंग कब है एंड ये मीटिंग असाइन कब की गई थी ठीक है तो एक ये हो गया एंड चलो तो फ़िलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि मे मे बी सारा कुछ तो हो गया है टाइटल भी आ चुका है कि मीटिंग की एजेंडा क्या है उसके बाद टैक्स फील्ड क्या होने वाला है उसके बाद मेम्बर्स कौन से होंगे डेट एंड टाइम क्या होगा एंड मीटिंग टाइम क्या होगा तो बेसिकली यही होता है अगर और कुछ चाहिए होगा तो बाद में हम ऐड कर लेंगे तो डेफ एस टी आर सेल्फ रिटर्न सेल्फ डॉट टाइटल क्योंकि इसमें नेम हमने लिया ही नहीं है तो हम इसमें टाइटल यूज करेंगे ठीक है दोस्तों हमने यहाँ पर ये बना लिया मॉडल अब इसके बाद हमको ये फॉर्म सेव भी तो करवाना है तो सबसे पहले जहाँ पर हमने फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट एम्प्लॉय किया था कि एम्प्लॉय ये इस ऐप में इस एप के मॉडल्स में मेरे पास एम्प्लॉय पड़े हुए हैं एंड उसी में मेरे पास क्या पड़े हैं उसी में पड़ा है मेरे पास मीटिंग uh, तो मीटिंग कॉल कर लिया एंड सेम फॉर्म को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड नीचे आके कर कर दूँगा तो ये एम्प्लॉय फॉर्म नहीं होगा ये होगा मीटिंग फॉर्म मीटिंग फॉम क्लास मेटा मॉडल मॉडल कौन सा होगा मॉडल होगा मीटिंग जो अभी हमने कॉल किया है एंड फील्ड्स मेरे को चाहिए सभी एंड उसके बाद मैं आऊँगा व्यू में एंड एड एम्प्लॉय हमने किया था हमने यहाँ पे करना है डेफ एड मीटिंग एड मीटिंग और ये है व्यू तो इसमें क्या पास करते हैं इसमें हम पास करते हैं रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर फिर रिक्वेस्ट उसके बाद किस एप में तो एम्प्लॉय के ऐप में कौन सी फाइल हमको रेंटर करनी है तो एड मीटिंग डॉट एस की फाइल मेरे को चाहिए एंड एज यूजल मैं कॉन्टेक्स्ट पास कॉन्टेक्सट पास करता हूं ठीक है एंड कॉन्टेक्सट इक्वल टू दिस ओके दोस्तों तो अब हमने क्या करना है जैसे हमने ऐड एम्प्लॉय बनाया है एक और हम यहाँ पे एस की फाइल बनाएंगे ऐड मीटिंग डॉट एस ओके दोस्तों एंड फिर इसके बाद हमने क्या करना है हमने सेम चीज यहाँ पर कॉपी कर लेनी है एक्सटेंड जो जिन जो है वो हमने यहाँ पे कॉपी कर लेना है एंड ब्लॉग को स्टार्ट किया है तो ब्लॉग को हम क्या करेंगे एंड करेंगे तो एंड ब्लॉग कॉन्टेंट ठीक है दोस्तों इतना तक तो हमारा हो चुका है एंड हमने क्या करना है हमने एक यू पे यू भी तो बनाना है तो इसी को यहाँ पर हम करेंगे पात एंड क्या है एड मीटिंग एंड उसके बाद व्यूज में हमने क्या बनाया है हमने बनाया है एड मीटिंग तो ऐड एम्प्लॉय नहीं है सॉरी एड मीटिंग है एड मीटिंग एंड नेम क्या होगा इसका इसका नेम होगा एड मीटिंग तो मैं इस नेम को यहाँ पर कॉपी करूँगा एंड फिर मैं यहाँ पर आऊँगा कहाँ इंडेक्स डॉट एस में आऊँगा एंड यहाँ पे देखते हैं कि मैं मीटिंग कहाँ पे शो करवा सकता हूँ तो यहाँ पे जहाँ पे आर्किटेक्ट्स दिख रहे हैं ना मेरे को आर्किटेक्ट्स तो इसमें चाहिए नहीं इसमें चाहिए मेरे को मीटिंग्स ठीक है मीटिंग एंड जो ये लिंक है यहाँ पे मैं पास करूँगा कलिब्रेसिस Percentage URL Single Quotes Add Meeting ठीक है दोस्तों तो हम क्या करेंगे आकर पेज को रीलोड करते हैं एंड यहां पर होना चाहिए मीटिंग्स तो एड मीटिंग डॉट एस टी तो लेट मे चेक कि क्या एर आया है हम व्यूज़ में आएंगे ओके सॉरी ये एड मीटिंग का जो तो है ये जो फाइल बनी थी ये एम्प्लॉय से बाहर बन गई थी तो इसको एम्प्लॉय के अंदर डाल देते हैं एंड अब जाके पेज को फिर से रिलोड करेंगे तो ये एड मीटिंग चल पड़ी आप यहाँ पे देख सकते हो एम्प्लॉय के अंदर एड मीटिंग वहाँ पे लिख के आ रहा है लाइक एच ऐड मीटिंग ओके पेज को रिलोड करें तो यहाँ पर एड मीटिंग आ रहा है पहले यहाँ पर भी आ रहा था अब यहाँ पर भी आ रहा है ओके okay, अब हमने क्या करना है अब हम जाएंगे सीधा वोट्स के अंदर एंड उसके अंदर फॉर्म कंट्रोल फॉर्म कंट्रोल के अंदर जो ये फर्स्ट है इसको हम यहाँ से करते हैं कॉपी फर्स्ट क्यों दोनों को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें एजेंडा भी तो चाहिए तो दोनों को क्या कॉपी एंड डॉट कंटेनर कंटेनर के अंदर रो ठीक है एंड रो से पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा फॉर्म भी ऐड करूँगा तो फॉर्म पोस्ट एंड ठीक है दोस्तों एंड ये फॉर्म पोस्ट है तो यहाँ पे मैं सीएसआरएफ टोकन भी ऐड करूँगा तो सीएसआरएफ टोकन भी हो गया एंड रो भी हो गया तो डॉट चलो पेस्ट करते हैं इसको हम यहाँ एंड रो के यहाँ पर आकर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ लाइक like, कॉल MD4. डी okay, ओके दोस्तों पेज को अगर मैं यहाँ पर आके करूँ रीलोड तो देखते हैं ये कैसा हमारे पास सॉरी पेज को किया रीलोड तो सी एस तरफ टोकन एक्सपेक्टेड एंड ब्लॉक लाइक टोकन के स्पेलिंग गलत है यहाँ पर कंट्रोलर सेव पेज को रिलोड किया तो ये कुछ ऐसा हमारे पास आ रहा है एड मीटिंग ये नीचे चला गया इसको हम करते हैं यहाँ से कट एंड फॉर्म के ऊपर आके करते हैं पेस्ट तो फॉर्म के ऊपर आके करते हैं यहाँ पे पेस्ट एंड राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट तो अब ठीक हो गया है एंड ठीक है दोस्तों कुछ ऐसा हमारे पास आ रहा है अब ये ई तो नहीं है ये है हमारे पास Title of the meeting, title of the meeting, title of the meeting, and ये yeah, टाइप यहां पर आएगा टेक्स्ट एंड प्लेस आएगा लाइक like, uh, कुछ भी एबीसी ओके पेज को रिलोड किया तो आपको यहां पर दिख जाएगा एंड ये है एजेंडा ऑफ द मीटिंग तो एजेंडा ऑफ द मीटिंग एंड ये टेक्स्ट एरिया है तो ठीक है पेज को रिलोड करते हैं एजेंडा ऑफ द मीटिंग आ गया एंड अब हमारे पास मॉडल में और क्या था तो मॉडल में था मेंबर्स कौन कौन से ऐड होने चाहिए तो अब इसमें हम मेंबर्स भी शो कराएंगे तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा फ्रॉम नहीं यहाँ पे मैं मेंबर को कॉल कर लूँगा मेम्बर एक नाम का वेरिएबल क्रिएट करूँगा मेंबर एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा जो एम्प्लॉय है ना जितने भी एम्प्लॉय हैं उसके मैं ऑब्जेक्ट्स को कॉल कर लूँगा तो एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल एंड फिर कॉन्टेक्सट में आके मैं क्या करूँगा कॉन्टेक्सट में आकर मैं उस मैंबर की वैल्यू को पास कर दूँगा तो मैंबर And M E M बी E R member ठीक है तो मैंबर की वैल्यू को मैंने कर दिया यहाँ पे पास एंड मीटिंग में दोबारा आएंगे एंड फिर हम क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे बनाएंगे सेलेक्ट कमांड तो लाइक डॉट एम बी थ्री ऐसे है डॉट कॉल एम डी फोर ठीक है तो ऐसे हमारे पास ये सेम एम बी थ्री डॉट कॉल एम डी बन गया एंड इसके अंदर हमने ये जो लेबल की लाइन लिखी है इसको करते हैं कॉपी कॉपी किया है एंड तो इसके अंदर आएगा मीटिंग मेम्बर तो मीटिंग मेंबर्स एंड फिर इसके अंदर हमने लगाना है सिलेक्ट कमांड तो सिलेक्ट कमांड लगाया नेम को ऐसी रेंट देते हैं नेम का हमने क्या नाम रखना है मॉडल में है क्या नाम है मॉडल में है मेंबर्स तो किया कॉपी एड मीटिंग यहां पे किया पेस्ट ठीक है एंड यहां पे क्लास मेरे को क्या चाहिए मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था आपको तो इसमें क्लास होगा फॉर्म एक होगा फॉर्म कंट्रोल एंड फिर होगा फॉर्म सेलेक्ट एंड इसके अंदर कुछ आते हैं ऑप्शनस तो फर्स्ट वैल्यू कुछ नहीं होगी फर्स्ट वैल्यू होगी ब्लैंक छोड़ देते हैं एंड सेलेक्ट मेंबर्स ठीक है एंड इसकी वैल्यू क्या होगी होगी सेलेक्टेड ठीक है दोस्तों फिर उसके बाद आएगा ऑप्शन एंड इसके बाद हमने क्या करना है हमने यहाँ पे लगाना है एक फोर लूप तो फोर i in member क्योंकि हम मैंबर पास कर रहे हैं वहाँ पर फोर i in member एंड हमने यहाँ पे कर देना है एंड फोर ठीक है एंड वैल्यू क्या होगा वैल्यू होगी आई डॉट आई क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पास किया है हम यहाँ पे फॉरन की ले रहे हैं ना तो फ़ोरन की की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है वो होती है नंबर्स में लाइक like, फोरन की जो वैल्यू लेता है नंबर में लेता है लाइक like, अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट सेकंड है तो सेकंड तो वो उसकी आईडी के ऊपर काम करता है प्राइमरी की आपको पता होगा एंड हमने यहाँ पे आईडी नहीं शो करनी हमने यहाँ पे शो करना है आई uh, की जो नेम है वो हम शो करते हैं ठीक है एंड आकर अगर मैं पेज को रिलोड करूँ तो कुछ एंड फोर का यहाँ पर आ रहा है लाइक like, हमने एंड नहीं डाला स्पेलिंग मिस्टेक है तो पेज को रिलोड किया सलेक्ट मेंबर्स, तो यहाँ पे मेरे पास मेम्बर्स सारे आ रहे हैं कि कौन से मेंबर्स हमने यहाँ पे लेने हैं उसके बाद हमारे पास एक और था वो था डेट तो टेक्स्ट एरिया नहीं हम इस को करते हैं कॉपी एंड सलेक्ट के बाद इस डिव से बाहर आकर पेस्ट करते हैं एंड जो इनपुट है यहाँ पर आएगा डेट एंड टाइम डेट टाइम ठीक है दोस्तों पेज को यहाँ पर किया रिलोड तो यहाँ पर आएगा डेट टाइम ठीक है तो यहाँ पर टाइप इक्वल्स टू ये आ गया प्लेस ऑर्डर यहाँ से हट जाएगा टाइटल ऑफ द मीटिंग नहीं आएगा मीटिंग की टाइमिंग्स आएंगी तो टाइमिंग मीटिंग टाइमिंग्स टाइमिंग एंड डे टाइम लोकल तो डेट टाइम लोकल से ये देखिए आपको डेट भी आएगा एंड यहाँ पे टाइम भी शो हो रहा है एंड इसके बाद हमने क्या करना है ये एड मीटिंग्स कुछ ऐसा अच्छा लग नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा क्लास यहाँ पे लगाऊँगा क्लास मार्जिन टॉप फाइव एंड मार्जिन बॉटम मेरे को चाहिए फोर तो कुछ ऐसा आ रहा है मार्जिन बॉटम भी अगर मैं फाइव कर दूं तो ठीक है एंड फिर यहाँ पे अगर मैं स्टाइल कर दूं लाइक टेक्स्ट अंडरलाइन मे बी कुछ ऐसा है तो नहीं तो टेक्स्ट में जाके देखते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा तो लाइक यहाँ पे होना चाहिए टेक्स्ट ये रहा टेक्स्ट टेक्स डेकोरेशन तो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन तो कंट्रोल सी टेक्स डेकोरेशन अंडरलाइन कंट्रोल एस सेव किया यहाँ पर आए देखते हैं तो एड मीटिंग भी यहाँ पर आ चुका है एंड अब हमने क्या करना है हमने लास्ट वीडियो में देखा था कंटेनर की हमने स्टाइलिंग की थी तो सेम वही कर देते हैं स्टाइल मार्जिन जीरो एंड ऑटो एंड जो विथ है विथ है वो एट्टी परसेंट ठीक है दोस्तों तो कटोला से सेव से किया पेज को हमने यहाँ पे किया रिलॉड तो जब हम ये कर रहे हैं इसको एक्सपैंड कर रहे हैं तो ये अब बढ़िया लग रहा है एंड अब हमको चाहिए कहा हमको यहाँ पर चाहिए लाइक like, जैसे ये रोग ख़त्म हो रहा है नहीं। यहाँ पे डॉट कॉल एम डी लगाते हैं एट फोर ज ट्वेल्व एंड डॉट कॉल एम डी ट्वेल्व देते हैं इसको एंड इसके अंदर हम लगाएंगे इनपुट सबमिट एंड वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट एंड क्लास equals to btn टी एन एंड ठीक है कंट्रोलर से सेव किया तो ये कुछ ऐसा आ रहा है हमारे पास तो ठीक है हमें ऐसे चाहिए टाइटल ऑफ टाइटल ऑफ द मीटिंग बट आगे चलने से पहले दोस्तों यहाँ पर हमने जो अभी तक नहीं किया है वो कर लेते हैं एंड वो है python मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन एंड देन माइग्रेट तो Python डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन क्रिएट मॉडल मीटिंग डन एंड अब हम क्या करेंगे माइग्रेट करेंगे तो migrate all migrations done पेज को रिलोड करते हैं एंड अब हम क्या करेंगे फॉर्म की वैल्यू को सेव करेंगे तो मीटिंग टाइटल की मीटिंग meet, uh, क्या होगा मिटल Title of the meeting, meeting की title क्या होगा तो like code note working agenda place check all are required to अटैम The meeting and यहां पर मुझे कह रहा है ये आ रहा है कि ये सिंगल वैल्यू ले रहा है फॉरन की लगाया तो ये सिंगल वैल्यू ले रहा है तो हमें यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू भी चाहिए होगी तो मल्टीपल वैल्यू भी हम लगा के देख लेते हैं तो टाइमिंग्स सबमिट किया तो फॉर्म को सेव हो जाना चाहिए बट हमने यहाँ पर तो लॉजिक लिखा ही नहीं है तो फॉर्म सेव कहाँ होगा तो फॉर्म को सेव भी करो लेते हैं फटाफट फॉर्म इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट सॉरी तो एम्प्लॉय फॉर्म से मैं यहाँ पे क्या सेव करूंगा यहां पर मैं करूंगा मीटिंग फॉर्म तो मीटिंग फॉर्म को यहां पे कॉल किया एंड फॉर्म इक्वल्स टू मीटिंग फॉर्म एंड इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू इक्वल्स टू पोस्ट अगर रिक्वेस्ट की मैथड पोस्ट है तो क्या करो फोम को फोम इक्वल्स टू मीटिंग फोम एंड रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट इफ फोम डॉट इज वैलिड अगर फोम वैलिड है तो क्या करो फोम को कर दो सेव एंड जैसे ही ये सेव हो रहा है प्रिंट कर दो प्रिंट फोम सेव एंड एल्स प्रिंट फोम एरर एंड एरर क्या होगा फोम डॉट एरर कंट्रोलर से सेव किया पेज को रिलोड किया एंड अब हम क्या करेंगे फिर से टाइटल मीटिंग डालेंगे लाइक कोड नॉट वर्किंग प्लीज Look forward एट कुछ भी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अभी एंड वैल्यू डाली डेट डाला टाइमिंग्स रख लिए हमने सबमिट किया कोड तो यहाँ पर आ गया एरर कुछ लाइक like, कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड है तो आई थिंक मैंने नेम नहीं डाला किसी में नेम इक्वल्स टू टाइटल नेम इक्ल्स टू एजेंडा सेलेक्ट में हम नेम डालेंगे मेम्बर्स एंड इसमें हम नेम डालेंगे नेम इक्वल्स टू डेट एंड टाइम कंट्रोलर से सेव पेज को reload फिर से बहुत गलतियाँ करता हूँ मैं कुछ भी डाला कुछ भी डाला फॉर्म को सबमिट किया तो फिर से कुछ है यार सॉरी ये डेट एंड टाइम नहीं है डेट एंड टाइम तो हमने जब मॉडल लिया था तो मॉडल में तो हमने इनबिल्ट लिया था ना ऑटो नाउ एड ट्रू तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यू ले लेगा डेट एंड टाइम की वैल्यू ये है तो मीटिंग टाइम अगर हम आए एंड नेम में हमने डाला मीटिंग टाइम तो कंट्रोला से सेव से किया पेज को फिर से रिलोड किया एंड अब मैं कुछ भी डालूँ तो मेरा वैल्यू सेव होगा कंट्रोल सबमिट किया तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ गया फॉर्म सेव्ड अब जो एरर मेरे को दिख रहा है वो यहाँ पर आ रही सिंगल वैल्यू बट मुझे चाहिए यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू तो मल्टीपल वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ तो मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए मैं मॉडल में आऊँगा एंड जहाँ पर यह मेबर्स लिया ना तो इसको मैं करता हूँ कमेंट एंड मेंबर्स इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट यहाँ पर चाहिए मेरे को मैनी फील्ड यानी मल्टीपल यूज़र हो सकते हैं तो यहाँ पर जैंको का मैं यूज़ करूँगा मैनी टू मैनीफ़ील्ड तो दोस्तों जिसको नहीं पता है कि मैनी टू मैनीफ़ील्ड कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं इस वीडियो की लिंक आपको डाल दूंगा तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा तो आप मैनी टू मैनीफील्ड वहाँ पर आ कर देख सकते हो क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं तो अब इसमें मेरे को चाहिए क्या तो इसमें चाहिए मेरे को एम्प्लॉय कंट्रोलर से सेव से किया ठीक है दोस्तों एंड हमने यहाँ पर चलाया मेक माइग्रेशन तो रिमूव फील्ड मेंबर्स मेंबर्स फ्रॉम मीटिंग एंड एंड ऐड फील्ड टू मीटिंग्स हमने किया माइग्रेट ऑल माइग्रेशन डन पेज को क्या पेट तो यहां पे कुछ शो नहीं होगा यहां पर जैसे पहले वर्क कर रहा था वैसे ही कर रहा है उसका रीजन क्या है उसका रीजन ये है कि यहां पर हमने मल्टीपल वैल्यूज नहीं लिया है यहाँ पर हमने सिंगल वैल्यू लिया है सिंगल सेलेक्ट फॉर्म लगाया तो जब आप से, आ, सेलेक्ट में आते हो एंड यहाँ पे लिखोगे मल्टीपल कंट्रोल से सेव पेज को रिलोड एंड दिस तो ये आपका मल्टीपल वैल्यू यहाँ पर मिल सकती है आप कंट्रोल प्रेस करके जितनी वैल्यू सेलेक्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो ठीक है दोस्तों ठीक है एंड अब हम वैल्यू का नेम लिखते हैं एजेंडा ऑफ द मीटिंग कंट्रोल ऐसे सेव किया तो आप देखोगे फॉर्म यहां पर सेव हो चुका है एंड अब अगर मैं यहां पर आके एडमिन पैनल के अंदर जाऊं तो एडमिन एंड अभी तक हमने एडमिन में आके हमने क्या नहीं किया हमने यहां पे इसको रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो एम्प्लॉय के बाद मेरे को चाहिए मीटिंग से सेव कंट्रोलर से पेस्ट एंड यहाँ पे मेरे को चाहिए मीटिंग तो मीटिंग कंट्रोलर से सेव किया रिलोड किया तो यहाँ पे मीटिंग्स आ गया है एंड क्लिक करूंगा जब मैं तो आपको यहाँ पे वैल्यू दिख जाएगी तो इसमें तीनों ही सिलेक्ट हुए हैं एंड इसमें मैंने सिंगल सिलेक्ट किया था तो कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था वो डिलीट हो गई थी वैल्यू ठीक है दोस्तों तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे हमने मैनी टू मैनी फील्ड भी सेव करना है हमने कैसे मीटिंग सेट करनी है तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पर हम देखेंगे जैंगो के कुछ और न्यू कॉन्सेप्ट्स